16 नवंबर को ओरियन स्पेस क्राफ्ट लॉन्च होने के 25 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को चंद्रमा के ऑर्बिट से धरती पर आने को तैयार है भारतीय समय के अनुसार 11 बजे मैक्सिको में उतरेगा ओरियन स्पेस क्राफ्ट नासा के आर्टिमिस मिशन का हिस्सा है जो कि नासा के इंसानी मून मिशन का पहला चरण है किसी स्पेस क्राफ्ट की लॉन्चिंग के बाद सबसे अहम पड़ाव उसके वापस आने का होता है वजह है वापस आने वक्त सबसे ज्यादा रिस्की होना इसलिए ओरियन की फ्लैश डाउन होने पर सभी की नजरें हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि किस प्रकार से ये ओरियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा से धरती पर आएगा दरअसल ओरियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की आर्बिट से धरती पर आते समय तीन हिस्सों में बढ़ जाएगा ये तीन हिस्से होंगे लॉन्च एवर्ट सिस्टम क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल जैसे स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की आर्विट से अंतरिक्ष में प्रवेश करेगा सबसे पहले नाक की तरह दिखने वाला लॉन्च एवार्ट सिस्टम उससे अलग हो जाएगा इसके बाद ओरियन धरती के वातावरण के पास पहुंचेगा, तो क्रू मॉड्यूल से सर्विस मॉड्यूल अलग होगा सर्विस मोड्यूल ही स्पेस का मेन इंजन होता है जब ओरियन क्रू मोड्यूल धरती के वातावरण की ओर बढ़ेगा तो उस वक्त उसकी स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और तापमान बढ़कर 2,760 डिग्री का हो जाएगा दरअसल जब स्पेस क्राफ्ट अंतरिक्ष से धरती की ओर बढ़ता है तो हवा में मौजूद घर्षण से इसका तापमान बढ़ जाता है इसे कंट्रोल करने के लिए क्रो मॉड्यूल में एक हीट शील्ड लगी होती है जो इसके बढ़ते तापमान ऐसी बचाती है धरती के वातावरण में आते ही क्रो मेड्यूल की स्पीड कम होकर चार किलोमीटर पर घंटे हो जाएगी और धरती ऐसी आठ किलोमीटर की ऊंचाई आरोप इस पे लगे तीन पैरासूट खुल जाएंगे पैरासूट खुलने की वजह से ऐसी क्रोमोडल की स्पीड 32 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी और ये क्रोमोडल मैक्सको के बाजा कैलिफोर्निया में प्रशांत महासागर में गिर जाएगा स्पेसक्राफ्ट को धरती पर लाने की इस टेक्निक को स्प्लैश डाउन कहा जाता है वहीं अगर नासा का ये मिशन सफल रहा तो अगली बार इंसान यान में बैठ कर के चक्कर लगा सकेंगे और फिर चाँद की सतह आरोप उतर भी सकेंगे ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए जुड़े रहे दाखबरदार न्यूज के साथ धन्यवाद